नमस्कार फ्रेंड्स क्रिएटिव होम मेकर डीवा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं बीना आज आइसक्रीम स्टिक जो वेस्ट मटेरियल में मेरे पड़ी हुई थी बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई थी मैंने बोला था कलेक्ट करने के लिए उससे एक एक्टिविटी करने जा रही हूँ देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने थ्री स्टिक्स ली हैं उनके ऊपर फेबिकॉल लगा कर, अब उनके ऊपर मैं स्टिक्स को सेट कर रही हूँ तो अब मैंने आप देख सकते हैं स्टिक्स पर और फेबिकॉल लगाया है अब मैं उसके ऊपर स्टिक्स अपनी रखूँगी थोड़ा थोड़ा सा गैप देके रखना है फ्रेंड्स बिल्कुल आ, सटाके नहीं लगानी है थोड़ा सा गैप रखेंगे यही कोई पॉइंट ट्वेंटी फाइव है ना इस टाइप से ज़्यादा नहीं गैप रखना बहुत थोड़ा सा माइनर सा गैप रखना है और हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे हमारा लग चुका है सारा सेटअप हो चुका है अब uh, फ्रेंड्स हम दूसरी साइड जब सूख जाएगा ना उसके बाद करेंगे फेविकॉल से जब वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो मेरा सूख चुका है अब मैं इस पर दूसरी साइड लगा रही हूँ अपनी स्टिक्स और उसी वे में लगाएंगे जैसे पहले हमने लगाया था एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे नीचे वाले पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन में एक रखेंगे फ्रेंड साहब इसको भी हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसके ऊपर कलर करना है, स्टार्ट करेंगे मेरा ये ड्राई हो चुका है अब मैं देखो इसके ऊपर कलर कर रही हूँ व्हाइट कलर कर रही हूँ अभी ताकि इसका बेस जो है ना वो नीचे से अच्छा सा हो जाए और इसके ऊपर जब हम कलर करें तो वो थोड़े से अच्छे से लगें एक्रलिक कलर यूज़ कर रही हो फ्रेंड्स फैब्रिकल के ये अक्रलिक कलर हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया है मैंने और ये हर सरफेस पे बहुत अच्छे से चल दे जाते हैं चाहे वोडन हो या कुछ भी हो तो मेरा कलर कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी मेरा देखिए फ्रेंड्स ड्राई हो चुका है अब मैं इसके ऊपर कलर करने जा रही हूँ तो पहले मैंने येलो कलर लिया है सबसे टॉप में अभी हम रफली करेंगे ताकि बाद में टेक्सचर अच्छे से बाद में देंगे पहले हल्का हल्का रफली बस ऐसे ही कलर कर देंगे अब मैं ऑरेंज कलर लूंगी और ऑरेंज कलर से अपनी लाइंस को कलर करूँगी वो भी रफली ही करेंगे फ्रेंड्स हम अभी फिनिशिंग के साथ नहीं करना है हमको अब हम रेड कलर लेंगे फ्रेंड्स ताकि नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा सा डार्क मतलब हम ऐसा लेके चल रहे हैं ना कंसेंट कि नीचे डार्क ऊपर लाइटर होते चले जा रहा है डार्कर से लाइटर होता जा रहा है तो वो लिया है अब हम ब्रश की हेल्प से इनको आपस में मिक्स मैच करेंगे सारे कलर्स को तो वो पहले तो कैसे लग रहा था कि जैसे अलग अलग कलर हैं अभी ये मिक्स मैच हो जाएंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देंगे अच्छा भी लगेगा आपको एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है ये मैंने जो तैयार किया था आइसक्रीम स्टिक का तो इसके पीछे का स्टोरी ये था कि मैं तैयार करके रख रही थी इसको पैन स्टैंड के लिए और मैं टेबल पे बैठ के जहाँ काम कर रही थी हस्बैंड चाय पी रहे थे उन्होंने क्या किया इसको टेबल कोस्टर की तरह यूज़ कर लिया और उसके ऊपर अपना चाय का कफ रख दिया बस मेरे दिमाग में वहीं से आइडिया क्लिक कर गया पैन स्टैंड को किया साइड में और ये बनाना शुरू कर लिया <laughs> तो ये है मैंने कहा इसका क्यों ना टेबल कोस्टर बनाया जाए अब मैं पेंट करना शुरू कर रही हूँ मैंने ब्लैक कलर पेंट लिया है और उससे जब हमारे कलर ड्राई हो गए ना ये उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था वन साइड मैंने लीव्स बना ली सेकेंड साइड हम लीव्स बनाएंगे कुछ लाइन ड्रो जैसे ट्री होता है ना उस टाइप का कुछ आ, मेरे दिमाग में आया कि ऐसी कोई डिज़ाइन बनाई जाए तो मैंने वही लिया है आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया है आपको जैसे इसमें कोई और डिज़ाइन भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है आपके घर में भी होता होगा बच्चे होंगे बच्चे क्या हमें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है तो बच्चों से मैंने जिस तरीके से करवाया वैसे मैं बोल रही हूँ जैसे बच्चे हम आइसक्रीम लेके आते थे देते थे बच्चों को खाने के लिए तो मैं बोलती थी मैं एक बॉक्स कर दिया था छोटा सा कार्टन कि आप खाने के बाद वॉश करके इसको इसी में रख दीजिएगा तो बच्चे उसको रख देते थे और वो कलेक्ट होता रहता था तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला और मेरे पोस्टर के लिए आइसक्रीम बन गई आपने देखा ट्वेंटी थ्री आइसक्रीम से एक वो बनके तैयार हो रहा है कोस्टर क्योंकि वन साइड टेन एंड अपोजिट साइड टेन एंड बीच में हमने थ्री स्टिक्स लगाए हैं तो ट्वेंटी थ्री स्टिक्स ही चाहिए थी तो बहुत इजी था मेरे लिए मैंने कर पाया कलेक्ट करके रखी हुई थी और कर ली दो कोस्टर बनाए मैंने इससे तो आप भी ट्राई करिएगा आपको भी मज़ा आएगा इन्जॉय करेंगे आप भी और यकीन मानिए फ्रेंड्स चीज़ें खरीद के यूज़ करने से ज़्यादा वेस्ट से जब कुछ बनाते हैं ना तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है कि क्या कर पाएंगे और करने में मज़ा भी बहुत आता है पैसे भी खर्च नहीं हुए कुछ नया भी बन गया है ना तो अब मैं इस पर आउल बना रही हूँ आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं मैंने जो सोचा मैं वो कर रही हूँ मैंने इस पर आउल बनाया है तो आप देखिए आपको क्या पसंद आता है आप भी अपनी थोड़ी सी क्यूरसिटी दिखाइए करने के लिए तो आपके दिमाग में भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएंगे मेरे साथ तो ये होता है मुझे नहीं पता आप लोग बताइए आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है कि एक चीज़ बनाने का सोचा और आइडियाज इतने सारे आ जाते हैं कि लगता है ये भी बना लो वो ये भी बना लो ये भी बना लो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है मैं एक चीज़ के बारे में सोच रही थी तो चार चीज़ें और दिमाग में आ जाती है इससे अभी भी कर सकते हैं अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं तो मेरे साथ तो ये है आप अपना बताइएगा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे को मैसेज करिएगा टेक्सट मैसेज जो कमेंट बॉक्स है उसमें तो मैं देखूँगी आप लोग के आइडियाज़ क्या, क्या हैं अभी फ्रेंड्स आउल के जो नीचे वाली साइड होती है जिधर पैर होते हैं आउल के उस साइड कुछ ऐसे झिग जैग झिग जैक सा बना होता है ना वही ड्रॉ कर रही हूँ मैं आई होप मेरी कलाकारी आपको पसंद आए मैं होप ही कर सकती हूँ चॉइस तो अपनी अपनी है हर किसी का अपना एक डिसीज़न है लेकिन हाँ ये है कि अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी देखें वो भी एक्सप्लोर करें ख़ुद को उनके भी आइडियाज़ कुछ आए है ना तो वो लोग भी मैसेज कर सकते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन uh, के लिए ब्लै बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नए जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सकें मैंने तो इस एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय किया करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा था अब मैं और आगे क्या ही बताऊँ आपको अब आप करके देखिए घर में और अगर आप करते हैं तो प्लीज़ इमेज भी सेंड कर सकते हैं मेरे को मैं भी देखूँ आपने कितना अच्छा किया है काम हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर कुछ करें मुझे आइसक्रीम स्टिक्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम पहले आई थिंक बारह तेरह साल पहले पंद्रह पंद्रह साल पहले भी मैंने आइसक्रीम स्टिक्स से काफ़ी सारी चीज़ें की थी तो पॉट वगैरह बनाए थे मुझे बहुत अच्छा लगता था करना तो भैंड हमारा आउल लगभग रेडी हो चुका है अभी इसकी आईज वगैरह भी हमने डिटेल कर दी है तो अभी ये कंप्लीट हो गया है देखिए मैंने एक और जो दूसरा भी बनाना था वो भी बना लिया है और दोनों को अपोजिट अपोजिट साइड बनाया है थोड़ा सा तो अच्छा लगा है और अभी इसपे हम जो अः वुडन ग्लॉस आता ना उसको करेंगे तो उसके बाद ये और भी अच्छा लगना लगेगा देखिए ग्लॉस होने के बाद ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और इसकी वुड भी प्रोटेक्ट हो गई है ग्लॉस होने की वजह से थैंक यू